आपने अपने घर या ऑफिस में कंप्यूटर या लैपटॉप तो यूज तो करा ही होगा क्या आपको पता है कंप्यूटर या लैपटॉप पर लिखा हुआ नेम क्या है चलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना गैस क्या आपको पता है एस सी एल क्या है? अभी तक आपको नहीं पता है तो हम बताते एस सी एल का पूरा नाम है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड इसकी शुरुआत ग्यारह अगस्त उन्नीस में हुई थी और इसके फाउंडर है शिवनाथर एस इंडिया की मोटिवेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी में से है जो की वर्ल्ड वाइड अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रही है सेकेंड है आई आई मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका हेडक्वार्टर है आरमोक न्यूयॉर्क में तीसरा एचपी एचपीट पैकॉर्ड और इसका मुख्यालय है पालो आल्टो कैलिफोर्निया में चलिए चलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर्स एंड कमेंट करना ना भूले